यह वीडियो केवल मनोरंजनों के को नहीं है मैंने संतरे क्यों खाए अब मैं भूखी रहूंगी क्या भूख लगी थी खा गया अरे नहीं मेरे को मैंने संतरे तो तो मैं नहीं बस ना? सबर आ, क्यों कर रही हो पागल हो क्या मैंने संतरे का जूस क्यों पिया मैं मर जाऊंगी हो गए हो क्या? मैंने कितने दिन से संभाल के रखे थे वो संतरे जूस बनाने के लिए अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी क्या तुम मेरे वो संतरे भी खा गए जो मैंने नाले में ढोकर रखे थे वो मेरे लिए थे मुझे भूख लगी थी खा गया बस स्टैंड तुम मेरे नाले के धोए खा गए तुमने मेरे इशान शंटे खाए हैं? अब मैं तुम्हें टकले पे फुटबॉल खेलूंगा